जय सिंह स्टूडियो जगतपुरा दोनो रोड़ो आप प्यारो लागर भवाने को दत पेदत आएर भवानी मारी लार जो मार पेदत आई भवानी मारी लाल गोदीर बर दी जोर गां टाले मारी सूर्फ पेड़ा जिटिया किरला सूर्पड़ा खेण पेरे सुरे माता जी डोरी के सुया गोरे माता जी डोरी दोस्तों ये सुपर हिट एल्बम हमारे यूट्यूब चैनल मीणा भट्टी गीत द्वारा पेश किया जा रहा है इसके निर्माता योगेश मीणा और इसके सुपर हिट सिंगर मुकेश और निर्देशक आर के जयपुर आयोजल Laal Ghar Pe Purvaat Bhawani Ko. I live a lie.